आपको पता है कि भूकंप के समय पतंग नहीं उड़ा सकते हम जी हाँ अगर भूकंप हो रहा है और हम पतंग उड़ाएंगे तो वो पतंग नहीं उड़ेगा फैक्ट नंबर टू क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में पाँच करोड़ लोग हर समय नशे में रहते हैं यानी कि इस समय पाँच करोड़ लोग नशे में और ये हर समय रहते हैं फैक्ट नंबर थ्री जन्म से छ महीने तक बच्चे को रोते समय आँखों में आंसू नहीं आते हैं जी हाँ छः महीने तक बच्चों की आंखों में आंसू नहीं आते हैं वो चाहे कितना भी रोए फैक्ट नंबर फोर हमारे शरीर में एक परसेंट भी पानी की कमी होती है तो हमें प्यास लगने लगती है और यदि ये कमी टेन परसेंट हो जाए तो इंसान की मौत हो जाती है जी हाँ गाइस टेन परसेंट हो जाए तो इंसान की मौत भी हो जाती है फैक्ट नंबर फ़ाइव क्या आपको पता है कि एक चीटी अपने वज़न से पचास गुना ज़्यादा बार उठा सकती है इसके अलावा यदि एक चीटी का वज़न एक आदमी के बराबर हो जाए तो वो कार की रफ़्तार से दो गुना ज़्यादा तेज़ी से दौड़ सकती है